है मेरे पास बिल्कुल चुप। चिकन खाओ बड़ी शिद्दत से लेकिन कभी ना खाओ चिकन की हड्डी कि चिकन खाओ बड़ी शिद्दत से लेकिन कभी ना खाओ चिकन की हड्डी और आपकी शक्ल ऐसी है जैसे कि मेरी फटी हुई चड्डी। रोड़ सही है। है। पेड़ दुखने अब इसकी बोलती <laughs> थोड़े से आ गए हैं अभी लेकिन इसे फटी तो नहीं है, है? है। ठीक अच्छा? में दोस्त, हो रही तो गुरु। यू किया है चेहरा तुम्हारा चांद जैसा।, जैसा और आंखें तुम्हारी दरिया जैसी कि चेहरा तुम्हारा चांद जैसा और आंखें तुम्हारी दरिया जैसी और मेकअप करने के बाद भी दिखती हो <laughs> <तीक> हुई <है भाई? laughs> करो आज इतनी पहले पहले मेरे मेरे को मेरे को बहुत बहुत दुख में हूँ पक्का देखना मुझे माफ कर दो। ये लव गुरु नाम के लोग बहुत बुरे होते होतेचुअली ऐसे कौन बोलता है बताओ बोला जो भाई तो कर रहे थे लिए तो मेरे को ना वो क्या बोलते फेफड़ो से बुरा लग रहा है जो कि नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं नहीं हूं ऐसे ठीक है भाई कुछ भी बकवास नहीं तू है तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है हो तो सकता है ऐसे तो गया गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजारिले गुल गुलजार गुल बेटा मारूंगा तेरी ही चाय पांच सौ लेकू क्या नाम है नाम क्या भाई चूचा हैशटैग देंगे चूचे को क्यों नहीं <laughs> भाई चूचे थैंक यू फॉर द चूचे वेलकम। भाई सॉरी मजाक था, था जाट रेंजर अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई मेरे को पता था। धमाका <laughs> मचायो मचाय धमाका मचायक जोक बढ़िया था तुम्हारा जाट रेंजर भाई लव्यू यार दिल से लव्यू मेरे भाई Love you. <laughs> क्या हुआ कुछ हुआ? नहीं साइकिल आएगा ना भिडू। <laughs> किया है। जिससे आने में लगता है पंद्रह साल बाबा, बाबा। सुन तो ले के। जिससे आने में लगते हैं पंद्रह साल उसे कहते हैं झाँट के बाल क्या बारते? क्या बात बात अरे भाई कितना टाइम लगता ब्रो। वो तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं है इसके तो मुँह इस <laughs> तो। <laughs> पे आके गलती से। मार दिए भैया जी, हम तो तो इतने टाइम में तक तक आ आ आ जाएंगे, जाएंगे <laughs> अच्छा? पे कैसे कैसे जाएंगे? चलो गुंडी रात को होंगे गुंडी-गुंडी चलो। है देरी प्लीज हेल्प क्या हो गया डबल क्या हो गया हंड्रेड चाचा इतना गलत कैसे हो सकता है घर हाँ? से निकल रहा था खुली रह गई टोटी ओके घर से निकल रहा था खुली रह गई टोटी प्रपोज तो आपको भी कर दूं लेकिन आप वो मोट तो रुको। सभी oh my gosh, oh my gosh, क्या ही भाई। I am roasted, भाई इतना मैं पूरी जल गई जल्दी देख लो आई एम सो रोस्टेड राइट मेरा नाम चुचा दौड़ेदा है भाई दफा क्या ही बोले यार मतलब ठीक ठीक ठीक है है भाई कर लो तुम लोग कंटेंट निकाल लो, लो। आ, समझ गई <laughs> यूट्यूबर होकर भी दूसरे यूट्यूबर यूटु, को कंटेंट नहीं देना गलत बात है अरे चुच्चा जी हम अपने रियल आई से तो आओ फिर कंटेंट देते अच्छे से थोड़ा आपस में वन वी वन बातचीत भी करते आ जाओ रियल से डी तो गेम बजाना पड़ेगा वो आ गया देखो देखो वो आ गया, आ, आ गया ना जाट पता था मेरे को चार्ट रेंजर है पता था <laughs> oh my gosh, जाट ना जलवा है हमारा ऐसी की तैसी तुम्हारी दो तो मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके अभी तो चाइनीज रेस्टोरेंट पर जाएगा तो तू क्या एक्सपेक्ट करेगा नूडल्स ना सिंपल नहीं हुआ नूडल्स हुआ तो चाइनीज हुआ हाँ। तुम फिट हो जाओगे हमें ये यकीन दिलाना छोड़ दो कि तुम फिट हो जाओगे हमें ये यकीन दिलाना छोड़ दो और सालो जिम बाद में करना पहले हिलाना छोड़ दो वाह वाह <laughs> साहब चूचा बोला चूचा बोला है बात तो सही बोला है वैसे। इट्स हेल्थी टू डू इट एवरी थ्री डेज पे थैंक यू फॉर हंड्रेड मैन कोई बात नहीं जर भाई सब चूझे तो अमीर है